हेलो गाइस गाइजन में मैं आपका सभी का स्वागत है आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा कि मैं किसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ आज बहुत ही आपके लिए लेकर आया हूँ अगर आपका यूट्यूब चैनल था अगर आप उस पर वीडियो अपलोड करते थे तो आपने यूट्यूब पर यूट्यूब पर वीडियो बनानी बंद कर दी थी और उस फिर दोबारा आप यूट्यूब पर काम करना चाहते हो वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो अगर आप जी उसका भूल चुके हो उस YouTube चैनल का जीमेल भूल भूल हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक जरूर देखना करना और सब्सक्राइब नीचे बटन लाल बटन को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना जब भी मैं फीचर में नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा बहुत ही खास खास न्यू ट्रिक मैं आपके फोन में आपके लिए अपडेट वीडियो और खास खास वीडियो बनाता रहूंगा इसके लिए मुझे फुल सपोर्ट चाहिए सब्सक्राइब करो और लाइक करो कमेंट करो शेयर करो डिसलाइक वाले डिसलाइक करो और मुझे प्यार करो सब्सक्राइब करते रहो वैसे ही वीडियो मेरे बोस्ट देखते रहो चलो मेरा कहने का मतलब था कि आप जीमेल का यूजर नेम एंड पासवर्ड कैसे रिकवरी कर सकते हो अगर आप दोनों चीजें भूल चुके हो बिना वेस्ट टाइम किए वीडियो लाइक स्टार्ट करते हो स्टार्टी देख सकते हो पहले स्क्रीन पर देख सकते हो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने एक आई बटन पर क्लिक करो दो वीडियो अपलोड कर रखी है मेरे बैकग्राउंड कैसे, कैसे, कैसे प्रमोव करे अपना फोटो का पांच स्किटेप दोनों देखो और मैं शुरू करता हूँ अपनी स्क्रीन पर देखो आपने पहले जी देखो जी मन पर जा रहा है पहले अपनी स्क्रीन पर जीमेल पर जाकर अपने एड अकाउंट पर क्लिक करना है फिर गूगल पर क्लिक करना है गूगल पर क्लिक करते ही सर्चिंग चेकिंग इंफॉर्मेशन देखो चेकिंग इंफॉर्मेशन अभी प्रोसैसिंग ले रहा है आपने बस अपना नंबर नम, डालना है यहां पर नंबर डालते नेट पर क्लिक करना है नेक्स्ट पर, अप, तो पर अपना चैनल चैनल का का नाम सिर्फ आपके तो पास नोटिफिकेशन आएगा अपने आप अप वेरीफाइशन अकोड अपने आप अप हो जाएगा वेरीफाइड फिर सेंट पर क्लिक करना है सेंट पर क्लिक करके स्क्रीन पर देखो और कुछ ही देर में से आपको दिखा देगा कि इस चैनल का कौन से जीमेल जीमेल से लिंक है क्या है, चैनल पे दियो जी दियो है देखो जी मेल डॉट कॉम मुझे लगा। अब इस पर क्लिक करो, जाना है इसका पासवर्ड भी मैं भूल चुका हूँ इस पर क्लिक करते हैं पासवर्ड आएगा पासवर्ड तो मुझे पता नहीं फॉरवर्ड पासफॉरवर्ड क्लिक करना बाया बनना आपने फिल करना है यहाँ पर नेक्स्ट करते ही फिर अपने नया यहाँ पर पासवर्ड डालना है अपना मन चाहे कौन आप पासवर्ड बदलना चाहते हैं दस मिनट आ रहा हूँ मैं हाइड कर रहा हूँ सोरी पर नेक्स्ट नेक्स्ट पर पर क्लिक कर देना, स्क्रीन आपके फोन में, में और अब आप, आपको ये याद हो चुका मेरी जी मेल कौन सी यूजर नेम क्या था पासवर्ड भी आपने बदल चुका है अब आप, आप यूट्यूब पर जाओ और जी मेल वो आपने यूजरनेम जी मेल या तो लग गया था था और उसका पासवर्ड आपने चेंज किया था। दोनों आप कर वीडियो को प्रेस करें। मेरी रही है इस कमरे में, साफ नहीं आ रही स्लोप बनाता हूँ क्योंकि मेरे पास ना कैमरा है ना फोन से ही बनाता हूँ मैं इसलिए करना आवाज़ की दिक्कत आती है कमरे में गुजने के बाद और आपकी सपोर्ट है मुझे सपोर्ट करो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करें डिसलाइक करें डिसलाइक करें और ख़ास खास न्यू ट्रिक लाता रहूँगा एक मैं एक न्यू ट्रिक ट्रिक ला रहा हूँ इसके लिए आपको एक सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल वो बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है